आर आर आर रवि यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे पतंजलि के दिव्य केश तेल के बारे में जी हाँ दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं पतंजलि के दिव्य केश तेल के बारे में दोस्तों मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि मैं आप लोगों के लिए एक प्यारा सा तोहफा लेके आया हूँ तोहफा कबूल कीजिए और इस वीडियो में मैं आप लोगों के ये जो दो दिव्य केश तेल है ये दो दिव्य केश तेल आप लोगों को मैं बिल्कुल मुफ्त में फ्री में देने वाला हूँ तो दोस्तों इस फ्री गिवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको, क्या करना है? सबसे पहले हमारे आ, आपको प्रेस करना है ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और दोस्तों बेल आइकोन दबाने के बाद में, नोटिफिकेशन को जरूर सेव करना है ठीक है इस वीडियो के नीचे लाल करके सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा के ऑल नोटिफिकेशन को सेव करना है वीडियो को लाइक करना है और एक कमेंट करना है इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके आपको मुझे ये जो व्हाट्सअप नंबर देख रहे हैं स्क्रीन पे इस व्हाट्सअप नंबर पे आपको मुझे वे भेजना है अगर आप ये टास्क कंप्लीट कर लेते हैं तो मैं आप में से किन्हीं दो लोगों को ये पतंजलि का दी केश तेल बिल्कुल फ्री में देने वाला हूँ दोस्तों आइए जानते हैं हम सबसे पहले केश तेल के ऊपर क्या लिखा हुआ है और ये क्या क्या काम आता है और दोस्तों अगर आपको ये केश तेल चाहिए या फिर अगर आपको आपकी किसी भी बीमारी को लेके मुझसे कंसल्टेंसी चाहिए कॉल पे बात करना है तो व्हाट्सअप नंबर जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे इस नंबर पे मुझे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा मैं आपको ऑन कॉल पर्सनल कंसल्टेंसी भी जो है प्रोवाइड करवा दूँगा कॉल पे आपको पूरी डिटेल जो है दे दूँगा तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि इसके ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है दोस्तों इसके ऊपर लिखा हुआ है दिविकेल ठीक है और इसके बाद में दोस्तों इस पर लिखा हुआ है न्यू पैक मतलब ये नया पैक है ठीक है मतलब ये नया है ठीक है और इसके अलावा दोस्तों इसके इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है ठीक है इसके बाद में हम इधर देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों कंपोजिशन तो इसके ऊपर लिखा है अगर आप देख सकते हैं आयुर्वेदिक प्रोपर्टरी मेडिसिन दोस्तों ये आयुर्वेदिक प्रोपर्टरी मेडिसिन है ठीक है मतलब ये एक दवाई है जो कि बालों की समस्या को दूर करती है ठीक है अब इसमें क्या क्या मिला हुआ है ये सौंदर्य प्रसादक मतलब देखो सौंदर्य के काम में आता है क्योंकि बाल आपकी सुंदरता पढ़ाते इसलिए लिखा है सौंदर्य प्रसादक अब इसमें क्या क्या मिला हुआ है दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूँ हंड्रेड एम में मिला हुआ इसमें भृंगराज भ्राह्मी आमला रतनजोत प्रियंगू नागरमोथा नागकेश्वर टागर मंजिष्ट लोथसा मेथा, इंदाजाऊ हल्दी मुलेठी कमल अनंतमूल बबूल जटामासी रत्ती श्वेत वाली रत्ती मिली इसके अंदर और बाकूची दारू हल्दी नील पत्ता और तेल में मिला हुआ है तिल तेल देखिए इतनी सारी चीज़ें इसके ऊपर मिली हुई है इसके अलावा दोस्तों इसके ऊपर कुछ भी नहीं मिला हुआ है अच्छा इसमें डोजेस एंड सजेशन ऑफ यूज लिखा है एज पर रिक्वायरमेंट मतलब जितना आपके सिर में लगता है उतना आप लगाएंगे हालांकि मैं अभी इसमें लास्ट में बताऊँगा आपको कैसे इसका उपयोग करना है और इंडिकेशन में लिखा है यूजफुल इन हेयर फॉलिंग ग्रेइंग ऑफ हेयर बिफोर एज डेड एक्सेट्रा ठीक है इतना इसके ऊपर लिखा हुआ है और इसमें 100 एम आता है पिचासी रुपये का मतलब एट्टी फाइव का ही आता है इसके बाद में मैन्युफेक्चर बाय डीप फार्मेसि पे लिखा हुआ है अभी दोस्तों हम बात करते हैं ये क्या काम आता है कौन इसका उपयोग कर सकते हैं ठीक है और इसको आपको कैसे उपयोग करना है इसके बारे में मैं आपको पूरा जानकारी जो है देता हूँ ठीक है देखिए ये जो है अगर आपको बालों की कोई भी समस्या है चाहे बाल आपके झड़ रहे हो चाहे सफेद बाल असमय सफ़ेद बाल हो गए हो या फिर आपको डेंडर बहुत ज़्यादा हो गया हो दो मुंडे के बाल हो गए हो आई मीन दो मुंह के बाल हो गए हो ठीक है इसके बाद में अगर आपको बाल पतले हो गए हो बारीक हो गए हो तो ऐसी तो किसी भी प्रकार के बालों की समस्या जैसे एलोसिपिया एलोपेसिया ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसमें भी आप जो है इसका उपयोग कर सकते हैं अगर आपको बालों की कोई स्पेशल प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो दोस्तों ऐसे में आप मैजिकल हेयर ऑयल जो कि मैं खुद बनाता हूं और उसका वीडियो दोस्तों मैंने अपने यूट्यूब चैनल पतंजलि का कॉलेज के ऊपर ऑल रेडी डाल रखा है आप एक बार उस वीडियो को देखिएगा और उस मेजिकल हेयर ऑयल से बहुत सारे लोगों के बालों की समस्या दूर हुई है गंजे गंजे लोगों के बाल उससे आए हैं तो उसमें से कुछ लोगों का वीडियो भी यूट्यूब पर डला हुआ है कुछ लोगों के रिव्यू का भी पतंजलि का कॉलेज के ऊपर तो प्लीज़ आप जाके देखिएगा अगर नहीं मिलता तो आप एक काम कीजिएगा मुझे स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर है इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा मैं आपको वो वीडियो व्हाट्सएप के ऊपर भेज दूंगा और मेजिकल हेयर ऑयल का पूरा जानकारी मैं भेज दूंगा हालांकि ये वीडियो ख़त्म होगा तो लास्ट में आपको सारे वीडियो देखने को मिलेंगे तो आप सारे वीडियो जो है देख लीजिएगा और इसके बाद में हम थोड़ा इसमें डिटेल में चर्चा करते कि ये कैसे काम आता है किस बीमारी में देखिए अगर आपके बाल झड़ रहे हैं काफ़ी लंबे समय से झड़ रहे हैं कैसे भी झड़ रहे हैं ठीक है कुछ भी अगर बालों की कंडीशन हो गई है तो ऐसे में दोस्तों आप जो है दिव्य केश तेल का उपयोग कर सकते हैं दोस्तों जिन लोगों के बाल सफ़ेद हो गए देखिए क्या होता है कि आजकल छोटे बच्चे जो हैं उनके भी बाल सफ़ेद हो गए हैं ठीक है और सफ़ेद होना एक आम बात हो गई है मतलब हम ये नहीं कह सकते आज की तारीख में कि जो इंसान बुजुर्ग है उसी के बाल सफ़ेद होते हैं जवान के सफ़ेद नहीं होते एटली जो जवान भी नहीं हुए जो बच्चे हैं उनके भी सफ़ेद हो रहे हैं तो हम ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि, कि किसके बाल सफ़ेद होते तो दोस्तों किसी को भी अगर सफ़ेद बाल की समस्या है तो ऐसे लोग अगर आप उपयोग करेंगे स्केच तेल का तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा, दोस्तों जिन लोगों के बाल बहुत ज्यादा पतले पतले हो हो हो गए हैं और रहे तो को गंजापन है मतलब सर पे बाल बिल्कुल भी नहीं है प्लेन सर है ठीक है बिल्कुल प्लेन खोपड़ी है प्लेन स्कूल है। तो ऐसे लोग ठीक है वो लोग अगर केश तेल या फिर मेजिकल हेयर ऑयल का उपयोग करते हैं तो उनके बाल वापस से दोबारा से आ जाते हैं ठीक है और जिन लोगों को एलोपियापिया एलोपीसिया की प्रॉब्लम है जिसमें क्या होता है कि जो हमारा सर होता है उसमें से बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं और कहीं कहीं बाल में उसमें एक जगह से धब्बे मतलब स्पेचेस हो जाते हैं ठीक है मतलब आ, हम कह सकते हैं कि बीच बीच में से बालों की जो जगह है जैसे ये बाल है हमारे और इत, आ, इधर बाल इधर बार चारों तरफ बाल और बीच में बस गड्ढा हो जाता है और वहाँ गंजापन दिखता है तो एलोपीसिया की जिनको प्रॉब्लम है वो लोग भी अगर कैसे उपयोग करते हैं तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा आराम देखने को मिलता है हालांकि देखिए तो लगभग लगभग बालों की हर समस्या में काम आते हैं और दोस्तों ये वीडियो मेरा पूरा डिटेल में तो नहीं बन रहा है लेकिन मैं एक नया वीडियो आने वाले समय में ज़रूर बनाऊंगा अगर आपको इसका डिटेल में वीडियो देखना है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा हालांकि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पतंजलि का कॉलेज के ऊपर ना इसका डिटेल में वीडियो डाल रखा है जो कि मैंने बहुत पहले डाला था तो आप उस वीडियो को एक बार पूरा देखिएगा और उसमें मैंने केश कांति तेल का वीडियो भी डाल रखा जिसमें मैंने पूरा आधे घंटे का वीडियो है और उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है कि बाल क्यों झड़ते हैं क्यों सफ़ेद होते हैं व्हाट इज अ मेन रीज़न बिहाइंड द हेयर प्रॉब्लम्स मैंने सारी चीज़ें जो है उसके अंदर बताई है तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा या फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा मैं हेयर फॉल की पूरी प्ले आपको सेंड कर दूंगा जो मैंने बना रखी है तो आप व्हाट्सअप करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो के संबंध में कोई भी डाउट है क्वेश्चन है तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा और अगर आपको कुछ पूछना है कुछ जानकारी चाहिए या फिर मेजिकल हेयर रोल चाहिए या फिर ये वाला केस ले कोई भी आपको सामान चाहिए तो आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा मैं आपको कुरियर के द्वारा ये सब जो है पहुंचा दूंगा तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर द वीडियोज ऑफ आर रवि एंड जस्ट पार्टिसिपेट इन दिस इन दिस गिव अवे ओके मतलब जिन लोगों ने इस गिव uh, अवे में पार्टिसिपेट नहीं किया वो लोग अभी कर लीजिए क्योंकि ये आप में से मैं दो लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ देने वाला हूं। तो आशा करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा इफ यू लाइक दिसक एंड शेयर टू सब्सक्राइब अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम